ये हाँ दिल की को छत पे आके आए मेरी जान चली जाए है तू जो मुड़ के देखे आये तुझी से कटके दिल छत पे